ऐसा कब कहा अरे नहीं आपने कहा था आपने कहा था उस दिन जब आप नाव में थे तब आपने कहा था और आपने ये भी कहा था कि इनके टुकड़े टुकड़े करके मछलियों खिला देंगे बोला था ना मालिक बेचारे भूल गए होंगे टेंशन बहुत है ना